नमस्कार दोस्तों विलचेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आप, आपको बताएंगे फोल्डेबल रिलैक्स चेयर के बारे में तो ये देख सकते हैं फोल्डेबल रिलैक्स चेयर इसको आप मिनी रिलैक्स चेयर भी बोल सकते हैं इस टाइप से ये फोल्डिंग पोजीशन में आता है और ये फुली एल्यूमिनियम मटेरियल से बना हुआ है इस टाइप से आप इसको ओपन कर सकते हैं इस टाइप से आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं रिलैक्स होने के लिए ये देख सकते हैं आप इस टाइप से आप इसके ऊपर बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं और इस टाइप से आप फोल्ड करके इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं वापस इजीली फोल्ड हो जाता है ये देख सकते हैं आप और ऐसे कैरी कर सकते हैं आप इसको दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस चेयर को परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू ज़रूर विजिट करें लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है विथ फ्री शिपिंग और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से भी इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें धन्यवाद